हाल ही में यूपी सरकार द्वारा परिवार पहचान से संबंधित उत्तर प्रदेश में एक परिवार एक पहचान योजना 2023 जारी की गई है फैमिली आईडी का मुख्य काम उत्तर प्रदेश में गरीब और बेरोजगार परिवारों की पहचान करना और उन्हें नौकरी या किसी पेशे में शामिल करना है इसके अलावा उत्तर प्रदेश में परिवार आई के माध्यम से यूपी में संचालित अन्य सभी योजनाओं से परिवार को जोड़ा जाएगा जिन नागरिकों के पास राशन कार्ड है उनके राशन कार्ड नंबर को ही उत्तर प्रदेश परिवार आईडी माना जाएगा तो इसका हम आपको पूरा वीडियो बताते हैं कि यह किस प्रकार से बनाया जाएगा और इसका क्या प्रोसेस है बस हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और हम इसका आपको तरीका बताते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना कोई भी एक ब्राउज़र को आप ओपन कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर आप चाहें तो क्रोम से भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर जियो पेज जो है जियो वालों को उस पे करके आपको दिखाते हैं तो हम ब्राउज़र ओपन करते हैं ब्राउज़र ओपन करने के बाद इस सर्च बार में आपको यहाँ पर सरकारी रिजल्ट डाल करके सर्च कर देना है इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर ही ये लिखा हुआ है यूपी फैमिली आई डी रजिस्ट्रेशन तो अब आपको कुछ नहीं करना इसी पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से इसका इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन वग़ैरह दिए हुए हैं इसके फैमिली आईडी डी एक परिवार एक पहचान इस्कीम दो फैमिली आई तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना नोटिफिकेशन आप चाहें तो अपने हिसाब से रीड कर सकते हैं उसके बाद आप ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन इसके सामने लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन या लॉगिन तो अब आपको सबसे पहले यहां पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ये इस प्रकार से आपके सामने ये इंटरफेस नज़र आएगा यानी आप फैमिली आई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएँगे अब यहाँ पर आपको अपना नेम दर्ज करना है आपके आधार में जिस प्रकार से हो तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर दिया है जो नाम आधार पे होगा वही सेम उसी तरीके यहाँ पे दर्ज कर देना है और जो आपके आधार पर नंबर रजिस्टर्ड होगा वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है उसके बाद सेंड ओ इस पर हमको क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस नंबर पर ओ गया है हमको उस ओ को यहाँ पर दर्ज कर देना है तो चलिए दोस्तों हम कर देते हैं ओ टी पी दर्ज करने के बाद आप ये देख सकते हैं जिस प्रकार से ये कैप्चा लिखा हुआ है उस कैप्चे को इस बॉक्स में फिल कर देना है उसके बाद ये आप देख सकते हैं सबमिट इस सबमिट पे हमको क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर लिख करके आ गया है रजिस्टर थैंक यू योर रजिस्ट्रेशन हैज़बिन कम्पलीटेड सक्सेसफुली सिंग इन टू कंटिन्यू अब हमको यहाँ पर सिंग इन टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं अब हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा तो हमको वही मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन के समय किया था तो चलिए दोस्तों हम कर देते हैं नंबर दर्ज करने के बाद ये आप देख सकते हैं रेड कलर से सेंड ओ टी इस पर हमको क्लिक कर देना है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका नंबर पर एक ओ फिर आएगा तो उस ओटीपी को हमको यहाँ पर फिर दर्ज कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से जो ओ आया है लॉगिन के समय तो हमको वहाँ पर ओ दर्ज कर देना है उसके बाद आप ये देख सकते हैं जो कैप्चा लिखा हुआ है इस कैप्चे को हमको बॉक्स में फिर से फिल कर देना है फिल करने के बाद ये देख सकते हैं लॉगिन इस लॉगिन पर हमको क्लिक कर देना है तो जैसे ही दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे ये दोस्तों देख सकते हैं फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान इसके हम होम पेज पर आ चुके हैं और ये देखिए जिस नाम से था उस नाम से ये एक आईडी बन चुकी है तो अब हमको यहाँ पर आगे बढ़ने हेतु आधार नंबर दर्ज करें तो दोस्तों यहाँ पे हमको आधार नंबर दर्ज करना है तो दोस्तों देख सकते हैं हमको अपना यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करना है आधार नंबर दर्ज करने के बाद आप ये देख सकते हैं आगे बढ़ें इस पर हमको क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है तो आप ये देखिए आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध है आप ये देख सकते हैं सदस्य का नाम और उसका परिवार में जो जितने भी सदस्य हैं तो ये उसका पूरा डाटा अपने ही आप आधार नंबर डालते ही ये उठा लेगा और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा हुआ है फैमिली आई देखने एवं प्रिंट हेतु आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओ भेजें तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ भेजेगा तो दोस्तों देख सकते हैं ओ हमारा आ चुका है उस ओ को हमको यहाँ पर दर्ज कर देना है तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमने ओ जो आया है वो हमने दर्ज कर दिया है अब दर्ज करने के बाद हमको ओ वेरीफाई करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी फैमिली आई आपका जो राशन कार्ड नंबर है वही आपका हो चुका है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हेतु यहाँ क्लिक करें तो चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक करके देखते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी फ़ैमिली आईडी आपका ही राशन कार्ड बन गया है और आप ये देख सकते हैं जितने भी हमारे यहाँ पर सदस्य थे वो सदस्य अपने आप आधार के माध्यम से ही आ चुके हैं दोस्तों तो इसमें देख सकते हैं आप इसमें सभी लिखा हुआ है आपका फ़ोटो भी यहाँ पर है नाम है लिंग है जेंडर पिता का नाम मुखिया से संबंध और उसके आधार नंबर वगैरह यहाँ पर सब आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपका निवास स्थान जहाँ का भी आपका राशन कार्ड हुआ जाएगा और वो आने के बाद यहाँ आपको कुछ निर्देश भी दिया हुआ है कि यह कार्ड सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं हेतु मान्य है, है यह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी आईडी है और इसके लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है इसके बाद दोस्तों आप ये लास्ट में देख सकते हैं एक बार कोड भी है इसको आप स्कैन भी कर सकते हैं स्कैन करने के बाद ये प्रिंट दोस्तों इसको अगर आप प्रिंट ले करके रखना चाहें तो रख सकते हैं तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं तो दोस्तों हम उस आई को आपको दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से पी पर प्रिंट होगी उसके बाद आप ये देख सकते हैं हमारे फाइल पे आ चुकी है और इस पे हमको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अब हमको ये पीडीएफ पर देख लेना है तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पे उनका अपनी खुद की मोहर लगी हुई है फैमिली आईडी एक परिवारिक पहचान फैमिली आईडी नंबर भी आप देख सकते हैं आपका जो राशन कार्ड नंबर होगा वही फैमिली आई नंबर पर रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद आपके राशन कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे वो सारे सदस्य यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और उसके ऐड होने के बाद आप ये देख सकते हैं उनकी जन्म तिथि उनके पिता का नाम उनके पति का नाम सेल्फ क्या है किससे रिलेटेड और एक बार कोड यह आ जाएगा जिससे कि आप इसको कहीं पर भी प्रमाणित भी कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश भी दोस्तों दिए हुए हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों आपके जितने भी दोस्त हों या फ्रेंड हो जो भी हो आप उनको शेयर ज़रूर करें जिससे कि ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है और आप लोगों के दोस्तों तक ये पहुँचें क्योंकि सभी को ये फैमिली आई बना लेना चाहिए बनाने से ये है कि कोई भी सरकार की अगर योजना आएगी तो अब आप ही लोगों को वो योजना दी जाएगी कोई अदर इसका कुछ गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है डायरेक्ट आप ही को इसकी योजना का लाभ मिलेगा धन्यवाद दोस्तों